ध यानी आप में मौजूद शारीरिक यादाश्त ये खून के रिश्तों से हो सकती है ये यौन संबंधों से भी हो सकती है शरीर एक यादाश्त बना लेता है इसे जेनेटिक मेमोरी कहना ठीक नहीं होगा रुणानुबंध नॉट लाइक बाप से बच्चों में आने वाले अंश का असर नहीं है ये उस स्तर पर नहीं होता वंश से जुड़ा याददाश्त का एक स्तर होता है आपकी त्वचा का रंग नाक का आकार आप कैसे बने हैं आपकी जाति क्या है ये अलग चीजें हैंज मच इज होल्ड सम बात बस ये है कि अगर आप किसी का हाथ भी पकड़ेंगे तो ऋणान बंद बन जाएगा इसीलिए भारत में लोग ऐसे मिलते हैं वो ऐसे नहीं करना चाहते वो ऐसे प्रेम करते हैं और कई चीजें हैं वो कुछ पदार्थ नहीं देंगे ना कोई आपको नमक देगा और ना आपसे लेगा यदि आप उन्हें नमक देना चाहेंगे तो वो कहेंगे यहां रखिए वो आपके हाथ से नहीं लेना चाहेंगे तिल के बीज वो आपसे नहीं लेंगे कुछ प्रकार की मिट्टी भी कोई आपसे नहीं लेगा आप किसी को मिट्टी देना चाहते हैं कोई भी मिट्टी कुछ रीति रिवाजों में मिट्टी दी जाती है आप नीचे रखते हैं मैं इसे नीचे से ले लूंगा कभी किसी के हाथ से नहीं क्योंकि आपका रोनान बंद बन जाएगा बिकॉज इज कॉन्स्टेंटलीस ऑफ नॉट बिल्डिंग बॉन्डेज क्योंकि इस संस्कृति में हमेशा बंधन न बनाने और जीवन के बंधन को कम से कम रखने की जागरूकता है बस जितना जरूरी हो क्यूँकी आप अपनी मुक्ति की दिशा में काम कर रहे हैं तभी यह जागरूकता और ये संवेदनाएं आई हैं। तो शरीर हर तरह की नजदीकी याद रखता है ना सिर्फ दूसरों के शरीर के साथ किसी भी तरह की भौतिक पदार्थ के साथ भी इसे याद रहती है कुछ प्रकार के पदार्थ ऐसा ज्यादा कर पाते हैं कुछ दूसरी चीजें कम कर पाती हैं तो जीवन में जब भौतिक यादार्श के ऊपर परतों में चढ़ने लगती है तो इससे शारीरिक स्तर पर एक उलझन पैदा होगी इसके कारण थोड़ी बेचैनी होगी उत्साह की कमी होगी, होगी। किसी भी चीज़ में भागीदारी की कमी मानो आप जीते जी सब कुछ जान गए हैं आपको जीवन का जानकार जीवन पूरा होने के बाद बनना चाहिए जीवन पूरा होने से पहले आपको उसका जानकार नहीं बनना चाहिए है ना पर ऐसा ही होगा यानी याददाश्त की कई परतों के कारण आप आस पास की चीजों के प्रति एक तरह से कम जीवंत हो जाएंगे यही हमारी चिंता है कि आप कम जीवंत ना हो जाएं। किसी भी तरह का मेल जोल हुआ है किसी भी तरह का मिलना जुलना हुआ है अगर आप भीड़ में काफी लंबे समय तक रहे हैं तो घर जाने पर सबसे पहली चीज होनी चाहिए नहाना आपको यह जरूर करना चाहिए अगर दिन में तीन चार पांच बार नहाना पड़ता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता एक साधक के लिए दिन में कई बार नहाना अच्छा है आपको बहुत ज्यादा नहीं नहाना चाहिए पर ऐसा समय भी था जब मैं दिन में कम से कम पांच से सात बार नहाता था आजकल दो बार नहाना तो निश्चित रूप से कभी कभी तीन बार इज गुड दो बार तो आपके लिए जरूरी है ज्यादा अच्छा है किसी के साथ कोई भी शारीरिक संपर्क होता है मान लीजिए छह मिनट के लिए अगर आपने किसी का हाथ भी पकड़ा है तो योग करने से पहले सबसे अच्छा होगा कि आप नहा लें ये सफाई के लिए नहीं है हम शरीर को साफ नहीं कर रहे बात वो नहीं है ये इसलिए नहीं है कि कोई अशुद्ध है और आप अपना शरीर साफ कर रहे हैं योग आपकी ऊर्जाओं को आप में संगठित करने का एक तरीका है तो अगर किसी तरह का मेलजोल बहुत ज्यादा हुआ है अगर मैं आकर किसी कार्यक्रम में बैठता हूं मैं किसी को शारीरिक रूप से छूतक नहीं रहा अगर मैं किसी कार्यक्रम में दो तीन घंटे बैठता हूं तो सबसे पहली चीज नहाना क्योंकि उस मेलजोल से एक तरह से आपकी ऊर्जा की समग्रता थोड़ी ढीली हो जाती है तो जब भी आप घर जाए सबसे पहले नहाए नहाने का मतलब साबुन शैम्पू ये वो नहीं है पानी से भरी एक बाल्टी बुम जस्ट वाटर फ्लोइंग बहता हुआ पानी शुद्ध करता है बिना धोए और रगड़े पानी शुद्ध कैसे कर सकता है वैसे नहीं है आपको पता है न्यूक्लियर रिएक्टर में वे कुछ धातुओं का इस्तेमाल करते हैं जैसे टाइटेनियम और प्लेटिनम और कुछ दूसरी चीजें भी अगर वे इन धातुओं को शुद्ध करना चाहते हैं वे धातुओं को शुद्धतम रूप में चाहते हैं सामान्य प्रयोगशाला प्रक्रिया में वे एक सीमा तक ही शुद्ध कर पाते हैं उससे परे वे शुद्ध नहीं कर पाते तो वे ये करते हैं उस धातु की एक रॉड और एक छल्ला बनाते हैं छल्ले को रॉड से छुए बिना बस ऊपर नीचे घुमाते हैं आप देखेंगे कि धातु शुद्ध हो जाएगा तो आपके शरीर में बहत्तर पानी है आप बस इस पर पानी डाल दीजिए एक तरह की शुद्धि होगी यह आपकी चमड़ी पर लगी धूल को धोने के बारे में नहीं है वो तो वैसे भी होगा वो एक अलग चीज है पर बस पानी को अपने ऊपर बहाने से गहरे स्तर पर एक तरह की शुद्धि होगी क्या आपने देखा है मान लीजिए आप किसी दिन बहुत तनाव में हैं, आप बस फवारे के नीचे जाकर खड़े होते हैं तो आप बाहर नहीं आना चाहते आप बस वहां थोड़ी देर ठहरना चाहते फवारे के उन तीन या पांच मिनटों ने आपके जीवन की कोई समस्या नहीं सुलझाए पर जब आप बाहर आते हैं तो लगता है कि परेशानी चली गई मानो नया जन्म हो गया क्या आपने ये देखा है आपको महसूस होता है कि परेशानी गई इसकी वजह यह है कि इसका दो तिहाई हिस्सा पानी है अगर इस पर से पानी सिर्फ बहता है तो कुछ चीजों में बदलाव आएगा